दो दिनों से लापता चल रहे युवक का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कम मच गया लोगों को युवक की हत्या का शक हो रहा है वहीं पुलिस दो तो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है यह मामला देहरादून का है जहां मृतक युवक का नाम धर्मेंद्र गैरोला बताया जा रहा है और इसकी उम्र 26 वर्ष है धर्मेंद्र जोली ग्रांट में किराए के मकान में रहता था यह 30 अप्रैल से घर से गायब था उसका शव सुबह एयरपोर्ट के नजदीक कोठारी मोहल्ले की झाड़ियों में मिला जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कम्प मच गया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है वही इस मामले को लेकर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि युवक की मौत के सभी पहलु पर जांच की जा रही है युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं एक्सपर्ट ऑफ़ फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है एक था और तो उसके बाद जब पता किया गया तो आस पास में तो पता लगा की दुर्गा चौक में लड़का रहता है और ये दो दिन ऐसी नहीं था और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी जब उत्तम सिंह रमौला जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा मिसिंग रिपोर्ट भी है किसी की तो जब शिनाख्त की तो उस मिसिंग रिपोर्ट से जो उन्होंने होदिया लिखा रखा उस वजह से मिलता दूधता पार उसके के गए।, उसके उसके के गए उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई जिससे वजह उसको उनके भाई यहाँ पर पहुंचे और उनके अन्य रिश्तेदार भी पहुँचे जिसके बाद फिर लैब भी बुलाई गई उसके बाद बॉडी का यहाँ पर फंसनामा करके उसको लिए पुलिस वाले से नाम का एक योग है जो तीस अप्रैल की शाम तीन बजे से घर से इलाजा चल था उसकी घोषुद ने पर दर्ज है उसकी तलाश चली थी आज सुबह कोठारी मोहल्ले के पास में उसका शव मिला हुआ है और प्रथम दृष्टिया मौके पर कोई शव पर चोट के निशान नहीं है फिर भी एफ की टीम को मौके पर बुलाकर मौका मुआइना कराया गया है और अभी सभी पहलुओं पुलिस जांच कर रही है शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जो भी उसके कारण आते मौत के कारण आते हैं यानी जानकारी आती है उसके साथ कार्रवाई की गई